और सब लोगों को बता दो कि आजकल चोरियाँ बहुत हो रही हैं तो सभी को सतर्क रहना है सिंह ये तो कार बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कार दिख रही है सर आपको? कार तो मैंने बहुत पहले की देख ली मगर मैं ये देख रहा हूँ कार चला कहां से रहा है? अरे किसी को दिखाई नहीं दे रही कार तू जल्दी से पैन ड्राइव चुरा हो रहा बस फकीर सिंह आपको तो दिखाई दे रहा किसी को बिलकुल दिखाई नहीं दे साला रहा है सलाह चला घूम रहा इस कार को हाँ हाँ साहब बिलकुल दिखाई दे रहा गाड़ी चला घूम रहा है ओके ओके ओके साहब साहब एस एस पी साहब के सख्त तो ऑर्डर आए हैं लठने की प्रैक्टिस कर लो हाँ हाँ तो उठा लो इनमें से से। कोई उठा लो। तेल वेल बढ़िया लगाया ना अरे बेहतरीन चलो पहले कौन मारेगा हम मारेंगे साहब बेदर्दी से अरे हम मारेंगे साहब दरोगा साहब हम मारेंगे चुप हम, हम दरोगा रे साहब हमें भी प्रैक्टिस करनी है हाँ ले बेटे तू भी कर ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पुतला। ये लट्ठू कुटने की आवाज कैसा हार अरे हमारे बोस पीट हैं पुलिस वालों को जब तक पीटते रह तीन चार को चोरी नहीं करते हैं बोस एसएसपी एसएसपी के ऑर्डर लगे हाथ गोली मारने की प्रैक्टिस और कर कर कर लो अब एस एस का कहा तो मानना ही पड़ेगा <laughs> दरागा साथ। दरागा साथ। दरागा साथ। हम गलती कर दिया दीजिए <laughs> देखा अबे देख तो मैंने तुझे फजर में लिया था मैं तो ये देखना चाहता था कि तू कर किसके कहने पर और ये जो सीन कर रिया ना ढूंढ टू का ये तो हमें रिपीट पे दिखाया जाता रीतिक रोशन तो तुझे अब बनाऊंगा मैं रे तेरी किधर चला गया सर ये हाँ यार पता नहीं साला किधर निकल गया सरकार मर गया चल दिया? <स्थ> अबे बे? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे जरा एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहा रह गया सुतरी के आता क्यों नहीं है आ तो गए। ना साले फिर से चूती बना रहा है अंदर डाली से अब सर अंदर डाल के क्या होगा तो छोटा केस है कोई बड़ा केस ढूंढो ना तभी तो प्रमोशन होगा तुम्हारा क्या तू सही कल एक काम कर चाय पानी ले और जाने दे जाए ए सर चाय पानी पूछ रहे हैं हाँ ah, ले लूंगा <सथ> के पूछ रहे हैं mm, मुझे सर से एक बात करके आनी है मैं अभी दे रहा हूँ <सथ> <सथ> लोहबल जी चाय पानी दस रुपये फिर से छूतिया बना रहा मेरी मेरी सर से बात होगी क्यों सर जी हाँ रख ले रख ले देखो लो जल्दी से चेक दे दे चार बजे बैंकें बंद हो जाती हैं तो मैं अभी निकाल लूंगा मैं कौन सा चेक सर अबे जो कबीर सिंह देके गया ये देके गया अबे ये क्या लिया तूने आप नहीं थी कही थी ले ले ले ले ले अबे ये साला सुत्री का कबीर सिंह फिर से चूतिया बना गया अब कैसी मिल गया ना तो इसकी कान में डंडा दे दूँ